لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم ونعم النصير. अमल الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد अलहमद الفرد الصمد. अदीम यद वलम यूलद वलम यक़ुल्हुफ़ोन सुम सलासलाम व तफ़त वलकरामसूलमक़िलमदनी हाशमशलमतलबी मौलाना व मोल कौन जदलन वलुसैैन अबिल्क़ा शमिलमुतफ़ा मुहमद اللهم صل على محمد محمد. الله من قيام يوم الدين वन अलाम अजमैन मलान्याम योमद्दीन वबाद योम्दीन अल मिन का तले फ़ातिम तज़हरा सलाइन कलैन वही वबी अजमी अम्मा बदोफ़ रव अनिल्बिरत يوم हदीस़दसी وثبت لي قدم योमलवरूद वसबित مع सिद्दिनद कमालसैन विलुसैन अद्दीन बदलू महज हम दूनुसैन आलम हाज़रीन कराम और नाजरीन जवील एहतराम आप सबकी ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उसके साथ इस सयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तोफ़ी अता की हम फ़र्श अज़ाय सैदुशहदा पे हैं इस फर्श पर आना और इस तजकरे में शरीक होना ये बगैर तौफीक के मुमकिन नहीं है मैं अक्सर बेशतर ये बात कहा करता हूँ कि कभी कोई इंसान फरशे अजा पे आए मजलिस अहलबैत में शरीक हो तो ये न सोचे कि हम आए हैं शुक्र अदा करे कि उसे मनतखब कर लिया गया इसलिए कि न तो इश्क हुसैन बग़ैर इतखाब के अता किया गया न तो ज़िक्र हुसैन बग़ैर इंतब के मिला न किसी को अहल बैत का बग़ैर इंतब के मिला और न तो किसी को ज़िक्र अहल बैत की तोफ़ी बग़ैर इंतब के मिली अगर हमारे दिल में इश्क है तो भी ये शुक्र का मकाम है कि हमें अल्लाह ने इस काबिल समझा कि हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत रखी और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं और जाहिर है इस मेंबर से मेरी क्या औकात है कि मैं कोई बात अपनी तरफ़ से अर्ज़ करूं और खुदा न करे कि ऐसी बात हो मासूमी की हदीस है और उनके कलाम हैं जिनको हम अपनी ज़बान में अदा करते हैं आप देखें हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सदसलातम محمد तो महमद आप इर्शाद फरमाते हैं बिस्मिल्लर रही हो बेअन खीरा जब अल्लाह किसी बंदे से नकी का इरादा करता है तोज्जो चाहता हूँ नेकी का इरादा और वो भी किसका इरादा है एदा अरादल हो बेअन खीरा जब अल्लाह किसी बंदे से नेकी का इरादा करता है तो यकोफी कल बी हो बल हुसैन तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतार देता है कलाम मासूम है यूं ही गुजरा नहीं जा सकता एरा आराद अल्लाह हो बेअिन जब अल्लाह किसी बंदे से नेकी का इरादा करे मासूम ने ये नहीं कहा एदा अराद अल्लाह बे मुसलमिन अल्लाह जब किसी मुसलमान से अच्छाई का इरादा करे ये नहीं कहा कि एदा अराद अल्लाह बिल जब अल्लाह मोमिन से अच्छाई का इरादा करे कहा जा रहा है एदा अराद अल्लाह बेअीन जब किसी बंदे से बात मुसलमान की नहीं हो रही है बात मोमिन की नहीं हो रही है बल्कि जब किसी बंदे से नेकी का इरादा करता है तो उसके दिल में इश्क हुसैन उतारता है क्यों लफ्ज अब्द रखा गया यह नहीं कहा जा रहा है कि जब किसी मोमिन से जब किसी मुस्लिम से शायद इसकी वजह यह हो कि बंदा हिंदू भी हो सकता है बंदा मुसलमान भी हो सकता है बंदा सिख भी हो सकता है बंदा ईसाई भी हो सकता है मालूम यह हुआ कि कलमा पढ़ने के लिए उलूियत का करार करने के लिए मुसलमान होना शर्त है लेकिन इसके हुसैन के लिए इस्लाम शर्त नहीं है इंसानियत शर्त है जिंदाबाद अल्लाह सहम्मद वाल अजीब हदीस है एदाद अल्लाह हो बेअिन दो ही सूरत है या तो इसको मकाम अब्दीत में रखें कि जब अल्लाह किसी बंदे से यानी जो मकाम अब्दीयत पे पहुंच गया अब्दीयत कौन सा मकाम है वो मकाम है कि जिसको खुदा मेराज अता करता है तो जाहिर है कि हम जैसे दिलों में इश्क हुसैन बता रहा है कि यहां गुफ्तगु उस मकाम अब्दीयत की नहीं है इसलिए कि उस मकाम पे हम हैं कहां लेकिन इश्क हुसैन है लिहाजा यहां अब उस माना में तो नहीं हो सकता तो उमूमी माना में है और सब अल्लाह के बंदे हैं तो जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो इश्क़ हुसैन जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह उतारना चाहे यह हदीस मैंने क्यों पढ़ी दलील ये है कि इश्क इंत है जब अल्लाह किसी बंदे से नकी का इरादा करे अच्छा जरा सा और इस हदीस को वाजे करने की कोशिश की जाए अपने छोटे भाइयों के लिए हमारे बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हो बेअिन जब अल्लाह किसी बंदे से अच्छाई का इरादा करे मैं आपसे पूछूं कि आप किसी से नेकी कब करते हैं नेकी का इरादा किसी से हम और आप कब करते हैं जब उससे राजी हो या नाराज हो दो सूरत फिर बनती है कभी कभी नेकी इसलिए की जाती है कि वो हमसे राजी हो जाए किसी को राजी करने के लिए नेकी की जाती है और या किसी से राजी हो तो नेकी की जाती है पहली सूरत यहां तो नहीं हो सकती इसलिए कि अल्लाह को किसी को राजी करने की क्या पड़ी है अगर कोई अल्लाह से नाराज है तो वो खुदा का थोड़ी कुछ बिगाड़ रहा है क्या अल्लाह उसे राजी करेगा तो यहां वो मरहला तो नहीं है कि अल्लाह राजी करने के लिए नेकी कर रहा है तो अब दूसरी सूरत है इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह उससे राजी है कि जिसके दिल में इसके हुसैन उतार रहा है तो अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए कोई रजी अल्लाह हो या ना हो हुसैनी अगर कोई है तो वह रजी अल्लाह है इसलिए अल्लाह अल्ला जब किसी से नेकी का इरादा करता है तो उसके दिल में इसके हुसैन उतार देता है इसका मतलब अल्लाह हमसे राजी है और ये बात उस हदीस से भी साबित होती है कि जहां रसूल इस्लाम ने दुआ की अहब सैना एक सलावाद पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद तो इंतबी है हाँ अब ये अलग बात है कि उसने इश्क हुसैन हमें दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वाना टाइटल्स मनसब इंसान को गैर जिम्मेदार नहीं बनाते बल्कि उसकी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं अब यह गुफ्तगु मुझे छेड़नी नहीं है लेकिन सिर्फ बात कह दी तो एक जुमले में वजाहत करके आगे बढ़ जाऊं मसलन कोई इदारा है वहां एक चपरासी जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है या जो वहां का मैनेजर है इसका मतलब टाइटल जितना बड़ा होगा उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है अब अगर हम आश हुसैन का टाइटल रखते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा इसलिए कि अगर इंसान उनवान ले ले उसके फरय पूरा ना करे तो जितना बड़ा टाइटल होता है फिर उतना ही बड़ा अजाब भी हासिल होता है अगर जिम्मेदारी पूरी ना की जाए इसीलिए कहा जाता है जिनके रुतबे हैं सेवा उनको सेवा मुश्किल है मुझे इस वादी में गुफ्तगु अभी नहीं करनी है बस एक पैगाम के तौर पे कि हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें मंतखब कर लिया नश्क बगैर इंतख्य कहे ना जिक्र इन जिक्र की दलील फिर कभी दूंगा ताकि मैं अपनी गुफ्तु छेड़ सकूं आप सब जानते हैं वाकिफ हैं कि इस दस दिन की गुफ्तु के लिए हमने जो मौजूद मंतखब किया है करबला और दुआ जाहिर ये दो अलग अलग ज़ाहरा लफ्ज़ हैं करबला अलग है दुआ अलग है लेकिन अगर हम गौर करें तो यकीन माने न बगैर दुआ के हमारी जिंदगी कामयाब है न बगैर करबला के हमारी जिंदगी कामयाब है अल्लाह सल मोहम्मद हम अपनी हयात की कामयाबी के लिए भी मोहताज हैं दुआ के भी करबला के भी और अपनी निजात के लिए भी हम मोहताज हैं दुआ के भी करबला के भी अगर हमारे पास करबला है तो निजात है और करबला है तो दुआ है दुआ और करबला का इससे बेहतर रिश्ता और क्या होगा कि जो करबलाई है वो दुआए फातिमा है मैं क्या कह रहा हूं अजीजानी ईमान लिहाजा जहिरन ये दो लफ्ज अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों लफ्जों में एक है बहुत गहरा रब है इंसान जरा सी तवज्जो अगर दे तो करबला और दुआ ऐसा महसूस होता है इंसान की हयात के लिए और इंसान की निजात के लिए यह दोनों बराबर से शरीक नजर आ रहे हैं लिहाजा मैंने दुआ वो दुआ मंतखब की जो हर एतबार से हमें करबलाई बना रही है हम जो दुआ करते हैं उसका हमारी जिंदगी पे असर होता है जो चीज हम मांग रहे हैं शर्त इतनी है कि तवज्जो से मांगे और हमें मालूम हो कि हम क्या मांग रहे हैं इसलिए कि जब तवज्जो से मांगेंगे तो हम समझेंगे कि यह हमारी जरूरत है या नहीं है और नहीं हो तो इंसान मांगता भी नहीं है लेकिन यह जो दुआ है अल्लाह मदनी शफातल हुसैन अजीब दुआ है कसम खुदा की परदार हमें इमाम हुसैन अल्लात की शफात अता फरमा गुफ्तु आगे इन होगी अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लफ्ज पे गुफ्तु करनी है अल्लाहुम्मा आप अक्सर बेष्टर उठा के देखें कि जब भी कोई दुआ आप मांगते हैं तो उसमें आप इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं या रब्बना या अल्लाहुम्मा मजीद में पांच मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया अल्लाह क्या मतलब असल में मुफसरीन ने लिखा है कि यह अल्लाहम्मा या अल्लाह का मुहफ है यानी उसको जमा करके अल्लाह बनाया गया ग्रामर की बहस नहीं छेड़नी अल्लाह अय मेरे परवरदिगार आय मेरे अल्लाह लेकिन क्यों लफ्जे अल्लाह के जरिए से पुकारा जा रहा है किसी को जब आवाज दी जाए तो उसकी दो ही तरीके हैं या तो उसको उसकी सिफत के जरिए से पुकारा जाएगा या उसके नाम के जरिए से पुकारा जाएगा मसलन एक इंजीनियर है तो आप उसको इंजीनियर साहब कह के पुकार सकते हैं या फिर उसका नाम ले लीजिए एक डॉक्टर है उसे आप डॉक्टर साहब कह दीजिए या उसका नाम लीजिए जब खेताब करेंगे पुकारेंगे तो दो ही सूरत है या नाम से पुकारा जाए या सिफत से पुकारा जाए लेकिन अजीजान ईमान अगर बहुत से डॉक्टर कहीं इकट्ठा हो और आप उस वक्त कहिए डॉक्टर साहब तो सवाल क्या होगा कौन से डॉक्टर बहुत से मौलाना इकट्ठा हो आपका कहिए मौलाना साहब तो पूछा जाएगा भाई किस मौलाना की बात कर रहे हैं बहुत से शायर हो किस शायर की बात कर रहे हैं सिफत से अगर पुकारा जाए और कई उस सिफत के हामिल हो तो फिर मुशक्कस करना पड़ता है कि किसे पुकार रहे हैं पहचाने अजीजा ने ईमान खुदा बंदे आलम को हम रब कह के पुकारें कायनात में रब बहुत से अपने उस माना में मां बाप हमारे रब हैं रबिर रब हम होमा कमा रब यानी सगीरा हम दुआ करते हैं कि नहीं परवर दिगार इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे इन्होंने बचपन में हम पे रहमत नाजिल की अजीब आयत है कसम खुदा की ए मेरे अल्लाह इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे बचपन में इन्होंने हम पे रहमत नाजिल की क्या मतलब क्यों शर्त लगाई गई क्या मां बाप बड़े हो हम पे रहम नहीं करते मगर ये बचपने की रहम की शर्त क्यों है कि वैसे ही जैसे इन्होंने बचपने में क्यों इसलिए कि बचपन में वालेन जब कुछ करते हैं तो वो कभी उसका बदल हमसे नहीं चाहते मैं क्या कह रहा हूं अजीजा ने ईमान एक बच्चे को जो छोटा सा बच्चा है आगोश में है बड़े होके स्कूल जाते हैं फीस देते हैं तो उस वक्त हम बदल चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट भी आए लेकिन जब बचपने में तो हम उससे बदल नहीं चाहते इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे बचपने में इन्होंने हम पे रहमत नाजिल की यानी अपनी रहमत के बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा इंसान जरा गौर तो करे कि खुदा वंद आलम अब जाहिर है ये आयतें हमें मुतवजे करती हैं कि हम पहचाने गुफगु का सलीका सीखें परवरदेगार से जाहिर इस आयत पर ठहरना नहीं है आयत पर ही थी लिहाजा एक जुमला कह दिया अब हम देखें कि जब हम पुकारते हैं तो या सिफत से खालिक अल्लाह भी खालिक है बहुत से खालिक हैं जिसने शेर खल किया है वो शेर का खालिक है जिसने औलाद खल की है वह औलाद का खालिक है मगर अजीजा ने ईमान बहुत से खालिक हो उस दरमियान अगर हम खालिक कहें तो भी इंसान का जहन सिवाय उसके किसी खालिक तक नहीं जाता मैंने क्या कहा जब बहुत से आलिम हो आप पुकारिए मौलाना पूछा जाएगा कौन बहुत से डॉक्टर हो आप कहिए डॉक्टर साहब पूछा जाएगा कौन लेकिन आपका कहिए रब अब कोई आपसे नहीं पूछता कि किस रब को पुकार रहे हो उसका कमाल यह है चूंकि सिफत भी उसके यहां हकीकी है हमारे यहां मजाजी है लिहाजा हम अगर सिफत से भी पुकारें तो जहन दूसरी तरफ नहीं जाता मगर उसके बावजूद वो ये चाहता है उसे अल्लाह कह के पुकारा जाए कोई तो वजह होगी कि खुदा बंदे आलम अजीजा ने ईमान दलील चाहिए कोई काम शुरू करो तो उससे पहले बिसमिल्लाह अल्लाह अकबर यारसूल अल्लाह اللهم صل على محمد بسم मोहम्मद बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करता हूं अजीजा ईमान क्यों वजह क्या है कि हम अल्लाह के नाम से उसको पुकारें शायद उसकी एक वजह यह हो कि इंसान जब रब कहके पुकारेगा तब भी जहन उधर ही जाएगा लेकिन सिर्फ सामने सिफत रुबूबियत आएगी दूसरी उसकी सिफत कोई जहन में नहीं आएगी हम खालिद कहके पुकारें तो सिर्फ उसकी ख़लाकियत जहन में आएगी दूसरी कोई सिफत उसके जहन में नहीं आती लेकिन लफ्ज अल्लाह उसकी जो तारीफ की गई है कि कि ये वो नाम है जो जमीए, और है जो यानी जिसके अंदर अल्लाह के तमाम सफात जमा हो गए हैं खुदा आलम भी चाहता है कि तुम उसका वो नाम लो कि जिसके अंदर तमाम सफात की झलक पाई जा रही हो तमाम सेवा जा रही हो रूबियत के साथ जरूरी नहीं है कि तस्वुर परस्तिश का आए खालिद कहोगे जरूरी नहीं है कि तस्वुर परस्तिश का आए मगर लफ्ज अल्लाह उस वक्त तक कहा ही नहीं जा सकता जब तक परस्तिश का तस्वर ना यानी खुदा ये चाहता है कि हर काम से पहले मेरे इस नाम को लो ताकि तुम्हारे जहन में ये आए ये बात आती रहे कि मैं वो हूं कि जिसकी परस्तिश होनी चाहिए अल्लाह अब ये लफ्ज अल्लाह मेरे अल्लाह हम दुआ शुरू करते हैं पुकारते हैं अच्छा ठीक है एक और वजह शायद जाहिर है रिवायतों ने इसकी तरफ इशारा तो नहीं किया है लेकिन शायद इसकी एक वजह यह भी हो कि खुदा वंदे आलम इसलिए भी चाहता है कि हर काम अल्लाह के नाम से हो यानी उसको पुकारा जाए लफ्ज़ अल्लाह के जरिए से इसलिए कि खुदा वंदे आलम की दूसरी जो सिफतें हैं उनको मोहमल बनाया जा सकता है मगर दुश्मन खुदा चाहे भी तो अल्लाह का मोहम्मल नहीं बना सकता मसलन एक इंसान है जब किसी की तारीफ करता है तो बड़ी अच्छी तरीके से उसका नाम लेता है अरे भाई फलां साहब लेकिन मसलन किसी को किसी की बुराई करना असगर असगर कौन है क्यों मोहमल बनाता है इंसान इसलिए तस्गीर करना चाहता है उसकी जिलत करना चाहता है उसकी बुराई करना चाहता है तो उसका नाम खराब करता है अल्लाह उस नाम से पुकारवा रहा है जिस नाम को अगर कोई खराब भी करना चाहे तो नहीं कर सकता इसलिए कि अल्लाह का मोहम्मल बन ही नहीं सकता तुम अल्लाह कहो या वल्लाह कहो एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर इंसान नाम बिगाड़ नहीं पाता खुदा वंदे आलम के इस नाम में यह खसूसियत है कि इस नाम को कोई बिगाड़ नहीं पाता और अल्लाह ने शायद इसीलिए अपने एक बंदे के बारे में इसलिए कि जानता था कि उसके बहुत दुश्मन होंगे तो उसका नाम बिगाड़ना चाहेंगे तो उसको भी एक ऐसा नाम अता किया कि अगर तुम चाहो भी तो बिगाड़ ना सको एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद या तो दा जानता था कि उसके इस बंदे के दुश्मन बहुत होंगे जो इसका नाम बिगाड़ के लेना चाहेंगे तो अगर तुम मेरे अली का नाम बदलना भी चाहो तो वो मेरा फली बल के नाम सामने आएगा आगा। यार। आगा। तुम बिगाड़ नहीं सकते अब यहां तक एक सफर किया है तो जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के परवरदेगार की बारगाह में कहूं मेरे अल्लाह फिर इस एतबार से नाम के ही एतबार से सही तेरे नाम में और अली के नाम में फिर फर्क क्या रहा इसलिए कि तेरा नाम भी नहीं बिगाड़ा जा सकता उसका मोहम्मल नहीं बनाया जा सकता अली के नाम का भी नहीं बनाया जा सकता अजब नहीं कुदरत कहे मैं खालिख हूं वो बंदा है कुछ तो फर्क होगा मेरा अल्लाह वो फर्क क्या है कहा अगर तुम अली के नाम से हज कर दो तो फिर एक मफहूम तो उभर के आएगा ली इसका फिर भी माना होगा लेकिन अगर लाम हटा दो फिर ये का कोई माना सामने नहीं आएगा मगर मैं खाली हू अलिफ हटा दो तो लिल्लाह बचेगा फिर लाम हटा दो तो लहू बचेगा और अगर फिर लाम हटा दो तब भी लफ्ज हु मेरी ही तरफ इशारा करेगा एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद एक लफ्ज है, है दरीग या दरीग। तो पुकारने का एक तरीका यह है कि इंसान को या उसके नाम से पुकारा जाए या उसकी सिफत के जरिए खुदा वंदे आलम को हम उसके नाम का वास्ता देके उससे मुतालिबा कर रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं इसलिए कि खुद उसने कहा है कि मांगो मुताल का हुक्म उसने दिया है तुम्हारे परवरदेगार ने कहा है उदोनी अस्तजीब लकोम तुम हमसे मांगो हम मांगों देंगे मुतालिबे के लिए उसने कहा अब हमको पुकारना तो है तो हम जैसे चाहें वैसे पुकारें का नहीं पुकारने का भी अदब होता है तुम अपने मुआरे में सबको एक तरीके से तो पुकार नहीं सकते तो मुझ खुदा को पुकारने का भी तो कोई सलीका होगा कोई अदब होगा और यकीन इस मंजिल पर आके आप देखिए कुरान से पूछिए कि मरहला अदब क्या है जब भी कोई आप दुआ उठा के देखेंगे तो या बना मिलेगा या एलाहना मिलेगा या अल्लाहुम्मा मिलेगा लेकिन जब एक मरहला कुरान की एक आयत उठाइए वहां देखिए तो जनाब ईसा दुआ कर रहे हैं और जब वहां दुआ हो रही है तो दोनों लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है अल्लाह रबना अनजिल अलईना माए समा मैं सोच रहा था कि आखिर वजह क्या है जनाबे ईसा अल्लाह उम्मा कहके भी गुफ्तगु कर सकते थे रबना कहके भी बात कर सकते थे या अल्लाह या अल्लाह ऐ मेरे परवरदेगार रबना है मेरे पालने वाले ये दोनों वास्ते एक साथ क्यों दिए जब पहले की आयतें पढ़ी तो बात समझ में आई कहता है कि काल हवारी हवारियून ने ईसा जनाब ईशा के जो हवारीन थे वो आए और आके जनाब ईशा से कहा या ईसा इबनो मरियम हल यसतियो रब्बो का अलइना माय दतम मिनसमा एसा क्या आपका परवरदेगार इतनी इस्तेतात रखता है कि वो हमारे लिए आसमान से मायदा नाजिल करे जनाब ईसा ने कहा इतुल्लाह इनकुन तुम मोमिन खौफ खुदा इख्तियार करो अगर मोमिन हो मुफसरीन ने लिखा कि जब जनाब मूसा के मानने वाले आके जनाब ईसा के मानने वालों को परेशान करने लगे कि हमारा खुदा वो है कि जिसने हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल किया तुम्हारा खुदा ऐसा कुछ नहीं करता वो आए और आने के बाद जनाब ईसा से कहा ईसा क्या आपका परवरदिगार इतनी इस्तेत रखता है ईसा ने कहा इतफ खुदा इख्तियार करो यानी अल्लाह के मुकाबले में गुफ्तू करो तो अदब का ख्याल रखो यह अदब क्या है देखिये खुदा वंदे आलम से जब भी इंसान Allah के मुकाबले में इंसान के लिए तीन अदब बहुत जरूरी हैं। एक अदब है फिक्री जहन में कोई ऐसा ख्याल अल्लाह के लिए ना लाए कि जो सुन बने मसलन कोई इंसान कई बार हज पे या जियारतों पर चला गया अब हम कहें अल्लाह भी सिर्फ पैसे वालों का अल्लाह है बार बार उन्हीं को जियारतों पर भेजता है ये सूए जन है हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं इतनी दुआएं करते हैं हम ही परेशान रहते हैं वो इबादत नहीं करता वह इतना सुकून से है इतनी इबादतों के बावजूद खुदा हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है यह सुन है इससे रोका गया है हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक साद्लाम उनके दौर में उनके एक साहबी जनाबे बजंती वो आए और आ करके मौला से कहते हैं कि मैं तीन साल से अल्लाह से एक दुआ मांग रहा हूं लेकिन मौला मेरी वो दुआ पूरी नहीं होती कभी कभी मैं बदगुमान होने लगता हूं जैसे ही उन्होंने कहा इमाम फरमाते हैं खबरदार अल्लाह से सोए जन का शिकार ना होना इसलिए कि शैतान की सारी बदबख्ती का सबब वह सोए जन ही था छ हजार साल उसने अल्लाह की इबादत करके ये सुयजन ही तो किया था कि मैं 6000 साल से इबादत कर रहा हूं ये अभी पैदा हुआ और मुझसे इसका सज्जा करवाया जा रहा है लिहाजा खबरदार अल्लाह के लिए सुयजन का शिकार ना होना ये वो है अदब कि जो अदब फिक्री है कि इंसान खुदा की बारगाह में खाजे हो खाशे हो दूसरा अदब जो अल्लाह की बारगाह में होना चाहिए वह अदब एक गुफ्तारी है हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें अजीजा ईमान पूरी कायनत फकीर अल्फाज लहजा हो तो हुआ करे मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिस मकतब को अख्तियार किया वहां उन्होंने हमें फकीर न रहने दिया हमें दुआएं तालीम कर कर करके बता दिया कि अल्लाह से गुफ्तू का तरीका क्या है हमको उन्होंने सबक सिखाया है तलीका दिया है कि हम कैसे कलाम करें जनाब ईसा को टोकना पड़ गया अब समझ में आया कि आखिर क्या वजह थी कि दुआ के लिए जनाब ईसा दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि हमारी लिहाजा उसको पूरा करने के लिए। अब जनाब इब्राह जनाब ईसा सबक सिखा रहे हैं दर्श दे रहे हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में कलाम करो तो फिर लहजा तुम्हारा क्या होना चाहिए तुम खुदा के लिए कह रहे हो कि क्या खुदा के अंदर इतनी इस्तेतात पाई जाती है और बाज़ वक्त ऐसी चीजें हमारे जवान भाइयों के जहनों में डाले जाती है मसलन क्या ला पूरी दुनिया को एक अंडे में समा सकता है इस सवाल ही बेहुदा है यह बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर हम ये कहें कि एक इंसान है जो पेंटर है बगैर ब्रश और बगैर रंग के क्या वो पूरा कमरा पेंट कर सकता है आप हाँ कहेंगे भाई मुहाल की बात है उसकी कुदरत में कमी नहीं है लेकिन कुदरत महाल से ताल्लुक नहीं रखती तो उसी तरीके से खुद आलम की बारगाह में जब इंसान हो तो फिर उसको गुफ्तगु का लहजा क्या होना चाहिए यह सीखना होगा मैं यह सारी गुफ्तु सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमको जो दुआ मांगनी है वो दुआ इतनी अहम है कि अगर हमें लहजा दुआ मालूम ना हो तो फिर हम अपना मुतालिबा खुदा की बारगाह में रखें कैसे हमें हुसैन की शिफात चाहिए अल्लाह से मुतालिबा करना है तो फिर हमको वैसा लहजा भी तो चाहिए अजीजा ने ईमान अजीब मंजिल है यह लहजा हमको अगर सिखाया भी तो खुद खुदा ने सिखाया इसलिए कि आशूर किसी मासूम का कलाम नहीं है हदीसे है कुछ सीएल मोहम्मद इंसान गौर करे अदब गुफ्तारी कैसे इंसान बात करे Allah के सामने अदब अमली अल्लाह के सामने इसीलिए हमको नमाज की हैत सिखाई गई कि खुदा के सामने कैसे जाना है किस तरीके से उसकी बारगाह में अपने को सजदे तक पहुंचाने के लिए कितने मराहल से गुजारना है आजीजान ईमान वरना सजदा करने वाले तो बहुत से हैं मगर सलीक है सजदा किसके पास है एक सजदे तक पहुंचाने के लिए कितने मराहिल से गुजारा जाता है सबसे पहले तकबीर कहो उसके सामने हाथों को बुलंद करके तस्लीम हो जाओ क्या कुछ नहीं है सबसे बड़ा वो आप सोचें कयाम का मरहला रुकू का मरहला उसकी तस्बी है यह हमको सजदे तक ले जाने के लिए सलीका सिखाया जा रहा है यह अदब अमली है कि खुदा के सामने कैसे आप देखें और ये सलीका हमको अहलबैत ने सिखाया हम मुताबा करते हैं खुद हमारे मासूमी की सीरत में जनाब सैदा सलाम की सीरत उठा के देख लीजिए बीबी सैदा पैगम्बर इस्लाम के पास आई और आने के बाद सवाल कर रही हैं या नबी अल्लाह हम को एक खादमा चाहिए एक मुइन चाहिए अपना साथी चाहिए जो हमारे उमूर खाना में हमारा साथ दे सके पैगम्बर इस्लाम ने कहा ए सैदा हम तुम्हें एक दुआ तालीम देते देखिए दुआ कितनी अहम शय है दुआ तालीम दी याहवीन वल आखरीन या जलकुवतल मतीन या अरहमर राहमीन ये तीन जुमले का इसके जरिए भरगाह है खुदाबंदी में तुम दुआ करो हम तुम्हें यह दे रहे हैं वापस आई चेहरे पर मुस्कुराहट है अमीर कायनात ने पूछा कि बीबी क्या हुआ जुमला सुने परमाती हैं जहात तो ली दुनिया व रजा तो बिल गई थी दुनिया के लिए पलटी आखिरत लेके अजीजा ने ईमान शिकवा नहीं कर रही हैं कि हम तो गए थे ये मांगने मालूम यह हुआ कि लफ्जे दुआओं की और इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि जनाब सैदा बताना चाहती हैं कि एक खादेमा का मसला नहीं बल्कि अगर इंसान सही तरीके से खुदा की बारगाह में तबसुल का तरीका हासिल कर ले तो उसकी आखिर समर जाती है अजीजा ने ईमान लिहाजा हमको है खुदावंदी में एक दुआ करनी है उसके लिए सलीका चाहिए हम कैसे मांगे कौन बताएगा अहले बैत के अलावा कौन है कि जिसकी इतनी सलाहियत हो कि वो बता सके कि खुदा से गुफ्तगू का तरीका क्या और अजीजा ने ईमान पुकारने को तो बहुत से लोगों को पुकारा जाता है लेकिन आप भी जानते हैं कितनी ही जरूरत हो इंसान की अगर लहजा अच्छा ना हो तो पुकार सुनी नहीं जाती आम माशरे में आप किसी से कोई मदद मांगना चाहें अगर लहजा सही ना हो मांगने का तो देने वाला भी इनकार कर देता है हमें कैसे पता चले कि किस लहजे में उसे पुकारें? उसको कौन सा लहजा पसंद है कसम खुदा की हमें कैसे पता चलता? कि किस लहजे को पसंद करता है मेराज की शब उसने एक लहजे में अपने नबी से कलाम करके बता दिया कि हमें किसका लहजा पसंद है आते हो तो उस अली की सिखाई हुई को पढ़ते चले जाओ किसी का लहजा खुदा को पसंद हो या ना हो अली का लहजा खुदा को पसंद है लिहाजा हमको चाहिए हमें चाहिए कि हम लहजों को समझें ये जो मोलाए का है ना दुआ कुमेल है मुनाजात मोमिनीन ये क्या आप समझ रहे हैं क्या हजरत अली अपने लिए वो दुआ कर रहे हैं हम फकीर अल्फाज लहजा को अली सिखा रहे हैं कि कैसे कलाम करो कैसे मांगो खुदा से मांगने का लहजा क्या है और जब सलीका आ जाएगा तो फिर मुतालबा पूरा होगा अजीजा ने ईमान जाहिर दाम वक्त में गुंजाइश नहीं है हमको चाहिए कि हम उन लहजों को पहले दुआओं के पहचाने इसलिए कि जो मुतालबा है वो अजीम है इतना अजीम मुतालबा शफात हुसैन और ये जिसको मिल जाए हर एक का मुकदर नहीं है जिसे हुसैन की शफात मिल जाए वह हु बनता है शर्त यह है कि हुसैन शफी बन जाए वरना आप सोचें शबे आशूर तक जो खुद ये कह रहा है कि मैं अपने को जन्नत और जन्नम के जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूं यानी कोई चाहिए कि जो उसका हाथ पकड़ के उसे उस मंजिल तक ले जाए कि जहां उसकी निजात हो खुदा की करबला के मैदान में लफ्ज अलतश भी सिर्फ बच्चों का गिरिया न था हुर के तकदीर बदलने का सामान था जहां एक लफ्ज जिसे कायनत बच्चों के दर्द और उनकी उस प्यास का इजहार समझ रही है पढ़ के देख लीजिए करबला की तारीख उस हुर्र ने जब करवटें बदलना शुरू की हैं तो तारीख कहती है कि एक मरतबा भाई बेटे ने देखा कहा हमने आज तक आपको इस करब बेचैनी में नहीं देखा वजह क्या है इतना क्यों परेशान हैं इतनी फौज है आपके साथ इतना लाहौल लश्कर है कहा जो मैं सो सुन रहा हूं और देख रहा हूं वो तुम देख नहीं पा रहे हो आओ जरा मेरे साथ चलो लेके के हो रे खेमा का जरा इस सहरा में कान लगाओ कोई आवाज सुनाई दे रही है एक आवाज जवाब में आई हाँ छोटे छोटे बच्चों की आवाजें अलतश सुनाई दे रही है इतना सुनना था कि कमरतबा मरतबा ने पूछा जानते हो ये बच्चे कौन है इनका ताल्लुक किस खानदान से है ये किस घर के बच्चे हैं कहाूल है कहा सोचो मैशर में अगर ने पूछा, तो क्या जवाब दोगे लश्कर तैयार हो गया या या नहीं थी ये बच्चों की प्यास का इजहार नहीं था और तकदीर बदलने का सामान मुहैया हो रहा था अरे सुबह नमूदार हुई और एक छोटा सा लश्कर लेके सरकार की खिदमत में आना चाहते हैं मक्तल कहता है कि एक मरतबा चंद कदम हुर चले थे कहते मेरे लाल ऐसे नहीं जी चाहता है अपने आका की खिदमत में पैसे जाऊं जैसे एक मुजरिम जाता है से मुजरिम जाता है मेरे लाल, मेरे मेरे मेरे लाल लाल लाल हाथों को बांध दो कुछ कदम बढ़े फिर ठहर गए आका से नजरें कैसे मिलाऊं मेरी आंखों भी पट्टी बांध दो बेटे ने आँखों पे पट्टी बांधी कदम चले थे के मरतबा बेटे ने कहा अल्लाह अकबर ए मेरे लाल ये तकबीर की आवाज क्यों बुलंद कर रहे हो ए बाबा अरे अब्बासो अली अकबर इस्ताल को आ रहे हैं जजा कुम रब कुम खैर जजा अजादारो अभी चंद कदम और आगे बढ़े थे एक और तकबीर की आवाज आई अब जो तकबीर की आवाज थी उस लहजे में बड़ा इत्याज था बड़ी घबराहट थी ए, मेरे लाल अब तकबीर क्यों बोलन की इत्याज क्यों बाबा क्या पूछ रहे हो खुद आका हुसैन बनब से नवीस अरे उठ के आगे बढ़ रहे हैं हुर ने खुद को गिराया हुसैन की खिदमत पे पहुंचे आका के कदमों पर अपने सर को रखा ए, अरे क्या गुनाकार की खतम हो सकती है खुदा आपको किसी गम में रहा रुलाए गए तारीख ने लिखा कि हुर ने हुर को हुसैन ने अपने सीने से लगाया हुर तेरी मां ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा ंता हुर्रन फिर दुनिया वाला आखिरा तुम दुनिया में भी आजाद आखिरत में भी आजाद एक बात पता चली हुसैन जिसे गले लगा ले वो दुनिया में भी आजाद है आखिरत में भी आजाद है लेके आए हर ने हाथों को जोड़ा आका मरने की रेजा दे दीजिए सुनते हैं आप सोचिए आखिर क्या वजह है जी चाहता है दस्त अदब जोड़ के जनाब हुर से सवाल करूं हुर अभी तो हुसैन की खिदमत में आए हैं कुछ देर हुसैन के साथ रह लीजिए ये मख्तल जानने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं अभी तो आप आका की खिदमत में आए हैं हुर जल्दी काहेगी है, है क्या खुदा न करदा ऐसी बात थी कि हुर पलट जाते नहीं जो इतने इस्तेकाम के साथ आया है वो पलटेगा नहीं फिर क्या वजह है होर क्यों चाहते हैं कि जल्दी से मखतल में चले जाएं अजब नहीं हो रवाज़ दे आका से तो आंखें मिलाना फिर भी किसी हद तक करीम आंखें मिला हुआ लेकिन मुझे खौफ महसूस हो रहा रहा है कि अगर मैं ज्यादा देर यहां रहा, कहीं छोटे-छोटे बच्चों ने देखा जाके ये ना कहे अम्मा वही आया है जिसने ले जा में फर्श पे हाथ डाला था अम्मा वही आया है अरे जो हमको लेके करबला अम्मा वही आया है मैं बच्चों का सामना कैसे करूंगा आकाब मुझे मख्तल की इजाजत दीजिए इजाजत मिली का नहीं मुझसे पहले मैं चाहता हूं मेरा बेटा मखतल में जाए अभी आपने जनाब अली अकबर के मसायब सुने मैं चाहता हूं मुझसे पहले मेरा बेटा मखतल में जाए ऐ हुर आखिर क्यों चाहते हो कि तुमसे पहले तुम्हारा बेटा जाए जब नहीं हुर आवाज़ दे मैं चाहता हूं कि मैं भी तो देखूं कि जईफ़ी में जवान बेटे का दाग दिल पर क्या असर दिखाता है ربكم जजाकुम रब खो जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूँ सलामे आखिर कबूल कीजिए मख्तल कहता है हु उठे अपने जवान बेटे के लाशे पे जाना चाहते थे हुसैन ने बाजू थामा एर बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाश पे नहीं जाता <laughs> सुन लिया जुमला आजादा रो मक्तल ने लिखा कि हुर को हुसैन ने रोका ए बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे नहीं जाता मैं जानता हूं आप क्यों रो रहे हैं आपको एहसास हो रहा है ना कि अली अकबर के लाशे पे हुसैन जाएंगे यही एहसास तो सता रहा है मगर जुमले ने बड़ा गर्व महसूस कराया जानते हैं हुसैन ने क्या कहा? मेरे लाल मैं हुर जवान बेटे की लाश पे बूढ़ा बाप नहीं जाता। मैं सोचता था क्या अकबर की लाश पे जाताब क्यूँ गई मोहम्मद के लाश कासिम की लाश में न गई अजब नहीं हुर को यह जवाब देते जवान के लाशे पे नहीं जाता आ गई, ए, मेरे जाए। अरे कोई नहीं, ये बहन तेरे जवान के लाशे पे जैनाब अभी हुसैन सिद्धू इन्ना लाई हिराज बदाही व तस्लिम मरे ला तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा मेरे परवरदगार तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का हम सब को सलीक़ दो आता फ़रमा मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का जुमला अमवात मोमिन मोमिनत की मखफ़िरत फरमा खूस इस इमाम बारगाह में जो लोग हाजिर रहा करते थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस फर्श तक नहीं आ पाए परवरदार इस मजलिसों का सवाल उनके नाम अमल में मुंतकिल फरमा मेरे लल्ला तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी अहल बैत के चाहने वाले हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह जहां भी आज़ादारी हुसैन का सिलसिला है मेरे परवरदार तमाम आज़ादारों को अपने हिफो अमान में रख मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का मेरे परवरदार जिनके वालदे सलामत हैं उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्रता फ़रमा जिनके वालदे इस दुनिया से चले गए परवरदार उन्हें जवार मासूमी में जगह नायत फरमा मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है महमद वाले मोहम्मद का वारिस अज़ा इमाम ज़माना के ूर में तो अजील फरमा इन दहूर इतनी तोफ़ी दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवाण अनुसार में शुमार फरमा रबना तकब्बल मन्ना इन न का तस्मीआ